लालू प्रसाद यादव के घर पर 2017 में सीबीआई का रेट पड़ना अब मई 2022 में आखिर सीबीआई का इतना तावड़तोड़ रेट पड़ने पढ़ने का अर्थ क्या निकाला जाना चाहिए भारत के राजनीतिक में नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इसका एक अर्थ इसका एक अर्थ तो अवश्य निकाला जा सकता है कि वो है लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक एरा को बदनाम करना करना और फिर इनके राजनीतिक नेतृत्व को समाप्त करना इसका मूल वजह है लालू प्रसाद यादव के अडिग राजनीतिक विचार सिद्धांत सिद्धांत ये ऐसे विचार विचार सिद्धांत पर चल रहे हैं जिसमें पिछड़े व निम्न वर्ग के विकास है लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष आदि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं है ये ऐसे नेता हैं जो सत्ता के लालच में आकर कुछ भी नहीं कर सकते किसी के सामने सर नहीं झुका सकते या किसी के सामने हाथ नहीं मिला सकते ये नरेंद्र मोदी जैसे तनाशाही नेता के साथ हाथ नहीं मिला सकते नरेंद्र मोदी वही हैं जो आरएसएस के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके भारतीय राजनीतिक में आए हैं और पहले आते ही और पहले नेहरू इंदिरा राजीव गांधी मनमोहन सिंह और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को पहले भ्रष्टाचारी कहा जनता के सामने इनकी छवि को धूमिल बदनाम किया धूमिल के कर किया और भारत के लोग भी नरेंद्र मोदी के दूसरे नेताओं के छवि को बदनाम करने के काम पर उछल उछलकर कर वोट दिया और प्रधानमंत्री भी बना दिया आज भी नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं जो पहले जो शुरू में किए थे आज लालू प्रसाद के रणनीतिक एरा, एरा को बदनाम करने के लिए सीबीआई का रेट पड़वा रहे हैं यदि देश के बारे में नरेंद्र मोदी का थोड़ा सा भी चिंता होता तो वो पहले घाटे में चल रहे रेलवे को संभालते सरकारी संपत्तियों को रेलवे के सरकारी संपत्तियों को चंद गुज उजरा, गुजरातियों के हाथ नहीं बेचते आज रेलवे में जो बहत्तर पदों की वैकेंसी को ख़त्म कर दिए हैं उसको निकालते उसको वैकेसी को ए, रेगुलर में लाते बुज़ुर्गों के लिए टिकट में जो रिटायर एरिया आर्थिक मदद चल रहा था उसको भी समाप्त नहीं करते उसको भी आगे कंटिन्यू रखते महामारी के समय जनता को आर्थिक मदद के रूप में रेलवे रेल किराया घटाने के, के बजाय वो रेल किराया को बढ़ाते नहीं वो घटाते नरेंद्र मोदी के रेलवे में ये ऐसे कृत हैं जो ये साबित करता है कि मोदी भारतीय जनता के लिए प्रधानमंत्री नहीं हैं बल्कि जनता को शोषण करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जनता को शोषण करने में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है मोदी को मोदी को जितना अत्याचार नरेंद्र मोदी जी के जितना अत्याचार करना करने की क्षमता है वो कर रहे हैं जबकि लालू प्रसाद जब, जब रेलवे मंत्री थे थे और उस समय थे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तब पहले रेलवे को फायदा में पहुंचाए पहुंचाए गरीबों का फ़ायदा देने वाले मिट्टी के कप में चाय मिलेगा सभी स्टेशन पर जैसी नियम को लागू किए बुज़ुर्गों के लिए किराए में आर्थिक मदद की शुरुआत की और गरीब लोगों लोग भी रेल यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाए रोजगार के लिए सुविधा योग किराया रखा मध्यम परिवारों के लिए गरीब रथ जैसे जैसे रेल चलाए और लाखों में नए वैकेंसी भी निकाले लालू जी के इस कार्य को दुनिया ने सलाम ठोका आज वहीं लालू प्रसाद पर वैसा आदमी आरोप लगा रहा है सी का लगातार रेड पड़वा रहा है जो आम जनता के आम जनता को शोषण किया है सिर्फ शोषण किया है गरीब जनता का आर्थिक शोषण करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असल में लालू प्रसाद यादव को वोट पाने के लिए परेशान कर रहे हैं अपने गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा देश में माहौल बना रहे हैं बना रहे हैं जनता को असली मुद्दे से भटका रहे हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता यह वीडियो तो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद